तो भाई लोग सभी लोगों का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में और जैसे मैंने बोला था लोग हैकर के साथ आज वन बी वन करने वाले हैं तो वीडियो के तक देखो ये हैकर है हमारे सामने जिसका नाम है, जेक मार करके एक बंदा है और सामनेकर है, तो बट सामने वाली टीम में एक हैकर है और यहाँ पे मैं हैकर नहीं हूँ अमित भाई रिएक्शन दे रहे हैं अमित भाई कैसे हो क्या हाल चाल मेरे साथ अमित भाई प्लस रोमियो दोनों रिएक्शन दे रहे हैं करेक्शन रिएक्शन नहीं मैं तमाशा देखने आया <laughs> <लगा>। <laughs> यार यार तमाशा अमित भाई अरे देखा अमित भाई देखा <laughs> <laughs> ओ भाई जबरदस्त भाई लाइक कर दिया मैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जैक मार इसका नाम होना था अज्जुभा मार होना चाहिए था क्या बोले गैस तो ये है हैकर और यहाँ पे हम हाँ आम ले लिया ऐसा तो तो लग रहा है माना नहीं गुलवाल की आर पर जा रहा था अरे नहीं बट सर जी वो वाला ऐसी हरकतें नहीं कर रहा था उसने दिया था ये वाला बंदा अभी भी एक ऑन करके खेल रहा है देखो अरे ये जैक मार अभी वाल के आर पर घुस रहा है अज्जू भाई। देखो कैसे कैसे मारा सर ये ये से बताओ देखो से मार रहे हैं। कोई बात नहीं भाई अज्जू भाई खुद को तो प्रूव करने आता है अगर तुमने लिटरली दो राउंड भी जीत लिया मान जाऊंगा एक राउंड तुम कि में जीत सकते हो दो राउंड में जीत लिया तो नहीं, एक राउंड जीत लिया ना जो भाई, मैं बताऊं तुम बताओ मैं क्या करूं मैं वो करूंगा एक राउंड जीत मेरे लिया, मेरे लिया एक राउंड तो लग सकता है भाई लग, लग सकता हैकर हैकर है सामने सिंपल है मेरे को एक चीज बताओ कि मैं कैसे इससे बच सकता हूँ मारने के लिए मारने का मौका ही नहीं देना है बिल्कुल मौका नहीं देना है अभी है इस... आ गया इसने कुछ ऑफ किया कसम का है था। ले ली ओम ले ली भाई क्या बोलू यार को को मेरा लोकेशन पता पता है है। ब्रो। हैकर मजा नहीं आ यार। भाई यार क्या बात करते हो यार वो हैकर है भाई अभी हैकर ने कुछ नहीं कर रखा पता है अभी वो शांति है। देखो जेसी में बात रहे हो। पता है तुम बाहर निकलते खोपड़ी गई देखो सर लेकिन कुआ वो रस कर रहे भाई। ये इतना मैं कभी नहीं डरा जितना आज डर रहा हूं। देखो सर बोलते भाई। एक राउंड भाई जो बोलोगे मैं वो करूंगा भाई यार अमित भाई इसको राउंड यु, नहीं, बोलो, बोलो, हाँ, नहीं आता ना आपको स्क्रीन पे देखने के लिए तो समझ लेना सीधा कट करूंगा और मैं और अमित भाई और रोमियो हम थ्री बी टू करेंगे इस साइड में क्यूँकी सामने तो हम थ्री बी टू में हराने की ट्राई करेंगे यहाँ से वीडियो बंद भी हो सकता है बाकी देख लो तुम लोग अभी ना बैक तो भाई है ना जाके लपेट लो हैकर तो भी। तो है। तो तो हैकर आरांग आरांग है। आरांग से मार हैकर आराम आराम आराम से से से मारो मारो मारो इधर इधर है है है है उसको उसको मार मार मार दो मार दो अभी टाइम अब हो भाई वो ऐसा होता था ना पहले गेमों में सुपर विलन से पहले जो छोटा विलन आता था तो छोटे विलन को थोड़ा मार दिया मेन विलन बाकी है रहा है। भाई अब बोलो। तो भाई नहीं आया ना बट उसका वही मतलब तुम्हारी तरफ गोली गया ही नहीं हेड़ पे तो बोला झोल कियाप कर दिया होगा बट क्या अपन को तो हैकर को हरा नहीं कहा था अपन हैकर को हरा देंगे सिंपल उड़ रहा है क्या वो हल्का <laughs> <laughs> मेरे को लग रहा रहा है है है हैकर नहीं इतना देखने के बाद चीज बोल रहा है यार <laughs> क्या यार क्या कितने देखना कितनी अमित भाई कितनी लगी है, है अमित भाई छह सात लगी भाई सीरियस भाई मैं क्या बोल रहा था अरे भाई कोई कोई नहीं टीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं मैं जाके मर जाओ। अरे कोई ना ट्राई जबकि नकली अज्जू भाई को मारने के लिए इसमें अकेला ही काफी बट उसके साथ एक हेकर भी है जिसको मारने में हमें थोड़ा दिमाग का दही करना पड़ेगा सिंपल भाई। हैकर को लिख देना हैक कौन कर ले देखो सर ये लो आओ आओ का मेरे को, को इसके साथ करना है <laughs> अब बताओ सर यार तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया जहाँ पे हम लोगों ने सेवन वन किया था मतलब वो लोग सात राउंड जीते थे मैं एक ही राउंड सिर्फ जीत पाया था बट यहाँ पे मैंने अभी इस बार अमित भाई और रोमियो को दोनों को टीम में डाल दिया है तो हम लोग अभी देखा जाए ना तो थ्री बी कर रहे हैं सामने दो प्लेयर है और यहाँ पे मैं रोमियो और अमित भाई है और ये वाला जो वर्षिश है बहुत ही एपिक है क्योंकि सामने की टीम में हैकर है और वो वो वो हैकर हैकर बहुत बहुत गंदा प्ले कर रहा है है है लिटरली ही और और रैंडम रैंडम आया आया हाँ, में नहीं हाँ, भाड़े से नहीं नहीं लाया से कस्टम के के अंदर हुआ ओके ऐसा कि आज के दिन हमें दो बार कस्टम बारेकर मिले हैं ऐसा नहीं कि बार मिले है एक ही दिन मेंज्जु भी तो है उसके ये कर जी भाई आ, मेरे सामने हैकर भी मेरे सामने है भाई यार अरे हैकर डाउन हैकर डाउन हैकर डाउन First... मैंने हैकर को मार दिया भाई भाई तो किस हो रहा है क्या मेरे सामने इधर अरे मारो मारो मारो क्या कर रहे हैं बताना करने जाना दिख रहा मेरे को इधर ही है दिखेगा दिखेगा क्या अमित अमित भाई अमित भाई भी ये से ही खेलना है हैकर को रुला देगा अपन दोनों मिलके हैकर बोलेगा व्हाट इज दिस अपन बोलेंगे ये हमारा गेम है बेटू और हमारे गेम में मारने वाला हमें पैदा नहीं हुआ है ऐसा अमित भाई समझ रहे भाई में यार, दे दो भाई। हैकर ने मेरे को रुला दिया था इसके पहले वाले में यार वेरी फ्रस्ट्रेटिंग चलिए आ जाइए गाइस एक को मारना हार्ड नहीं है बटकर को मारना काफी हार्ड है हैकर एक बार मेरे मारा मतलब काफी सही वाला अभी तक तो काम चल रहा है मैंने इसलिए उड़ पे कर उठा है ना और इवन मेरे को ना हैकर ने मार भी दिया था को मेरे ये हेलमेट खरीद के दो ना कर को देते हैंकर का कहा से आने का चांस है सर इसमें था क्या नहीं ए डब्ल्यू एम था इस बार इसलिए तो तुम थोड़े बचे बारे। बारे। हुए ना? ए, मर गया बट जो इसको हैकर सेव कर रहा है ना वो सीन है देखो, हो गया, तो समझ सकते हो जब हम लोग तीन साथ में आ जाए तो हैकर की भी वाट लग जाती है ओके हैकर होकर का बाप हो कोई भी हो अगर हम तीनों साथ में आगे तो उसकी बात लग जाएगी क्या बोलते हो अमित भाई क्या क्या बोलती है अमित भाई बबली? अमित भाई तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है मैं लूंगा अरे सर आ गया है तो फॉर्म्लूम का हेड मार दिया ग्लूर लगा उससे पहले आजा, आजा आज, जा रि दे दे लवली पर्सन मत दो ए, ए, सर मैं मौका मंदो बोलता हूँ सुनती हूँ। सर तुम ही दे मेरे को खुला करके चलेंगे देखो। मैं दूसरों के कवर रहने नहीं पायी इस चीज़ को। मैंने पूरा उसको ओपन कर दिया था। चलो जा, जाओ कवर में, कवर में, कवर में। अजवाय आ रहे हो। आ रहा हूँ ब्रो। इजी है। चलो। में गया तो ये मेरे, तो मेरे लोम अब पर मार दिया नकली बचे हो जाएगा अरे उठ रहा है भाई वो उठ के बाहर चला गया अरे वो एक उठ के बाहर चला गया मेरे सामने अमित भाई वो बंदा लिटरली मेरे सामने भरा मेरे, मेरे भी मार दिया भाई मैंने मैंने सिर्फ दो किल किया उसमें एक बार हैकर को मारा एक बार अज्जू भाई को मारा फेंक वाले बस अपना कोटा खत्म अब तुमको जो करना है करो तुम लोगो ने भी कुछ ज्यादा किया नहीं है तीन तीन किल ही है सामने <laughs> भा भाई सामने दो ही तो बंदा है अमित भाई का करता है भाई उधर तो अजू भाई ये है भाई। चलो तो अजू भाई को तो मैं निपटा दूंगा अरे हैकर ने इधर मार दिया ब्रो कैसे इधर इधर इधर ही ही मार मार दिया, भी मार दिया। भी अभी है, बिल्कुल पड़ोस पड़ोस में, जाओ, बच मैं। हैकर हमको कहीं से भी मार देता है ब्रो लोंग रेंज पे भाई भाई हैकर हो तो ऐसा भाई वरना ना हो यार, ना यार। अरे अमित भाई सेवन जीरो हैकर का करवाने वाले अपन अपन लोग लोग ऐसा लग रहा रहा है बहुत गुस्सा दिला तो अरे भाई, भाई यार तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मतलब छोड़ देना कहा जाता है के दो एट दो जा जा आके के बच आता क्या? क्या भाई गरीब यार क्या बोले वो है। अरे फ्री फायर का देखो कल से हम लोग फ्री फायर का नाम चेंज करके हैक फायर करने वाले है घरेना फ्री फायर का नाम डुबाने वाला बंदा है सामने वाला कहां पर रह कर बोल दो पर नब्बे का दिया नुँदेगा। नुँदेगा। रुक रुक जाओ, जाओ, तो अरे देख रहा मैं भी। भी गिर गया। उसकी लिमिट आती होगी ना यार। लिमिट नहीं, वो जोन के अंदर था खुद भाई वर्ष सच्चू भाई हो गए भाई आ जाओ इधर आ जाओ कहीं पे होना चाहिए। अभी उड़ा ही ना ना वो। ये ये रहा रहा लो। यार यार। मैं बोल को को को को मारना बड़ी बात नहीं। हैकर हैकर बस स्टील मैंने नब्बे का डेमेज दिया था तो शुक्रगुजार बनो मेरे शुक्रिया बोलो मेरे को यार क्या बोलता रोमियो <laughs> उड़न तस्तरीसर है वो भाई भाई भाई रहा सीरियसली तुमने देखा देखा देखा नहीं उसको हमने हमने पूरा ज़ूम करके मैंने स्कोप लगा के कैसे था भी ब्रो ना ना कसम से से इतनी आएगी हैकर ओम मार उससे पहले किधर गया इस बार एकर के बंद सामने अरे एकर डाउन आ जाओ उड़े अरे उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा उड़े अरे उड़ेगा अरे उसको उसको देखो देखो उड़ेगा। अरे यार ये लो यार यार। था भाई एकर को मार के मजा आ गया यार जो भी बोलो यार भाई देव भाई लोग यार जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना ऐसे ही और वीडियो के लिए हालांकि ऐसे और वीडियो आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि हैकर के साथ हम लोग थोड़ी ना रात दिन खेलते रहेंगे हमें भी मरना पसंद नहीं है बट रेंडमली हमें बंदा मिल चुका था काफी समय से हमने ऐसा कोई तिगड़म नहीं किया था जिसके अंदर हमने हैकर को फेला हो तो आज हमने हैकर को भजा दिया और इसी बात पर लाइक कर देना और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कर देना अमित भाई ने बहुत बढ़िया खेला अमित भाई साथ में हो ना तो अपन लोग हैकर को भी मार सकते हैं सिंपल ओके और रोमियो अगर साथ में है तो फायर पावर की जो कमी बढ़ती है वो नहीं पड़ेगी बस हो गया फिर रिजी बीजी